आई शुभ घरी देखो आए आंगना बाजरे बाजे शहनाई दौला खारे नाम की बाजे बाजे रे शहनाई दौला खारे नाम की आई शुभ घ ऋष राई डोला हरी नामेरी आज बाज रिशला ना मेरी आई शुभ गरी देखो हमारे आंगन आज जी मेहंदी रचेंगी गहरी रंग गहरा होगा मेहंदी रचेंगी गहरी रंग गहरा होगा शाम पिया के संग मिलन मेरा होगा शाम ही आखिर संग मिलन मेरा होगा मेहंदी राची है सुरंगी